Hmm? जितना लड़का आए उससे सुबह सुबह उससे सबसे पहले सवाल पूछो हॉल नंबर दो में भरो उसको नहीं बता? एक आदमी हॉल नंबर दो में भरो फिर देखो हम कैसे मारते हैं है हम लोग के सर मारते थे हम लोग के सर कभी हम लोग को लाठी डंडा से नहीं मारे फिल्म में गुंडा कैसे मारा जाता फाइट से ऐसे ऐसे भयानक मारते थे हम लोग के सर मतलब लगता था कि जान ले लेंगे यहाँ पे कभी आज तक हम लोग के साथ ना डंटा से मारे न तमाचा से मारे एकदम झुका के एगो को पकड़वा देंगे दो चार गो को लाठी ले कैसे जैसे पुलिस कैसे मारती है उस तरह पीटेंगे तू लोगों को रिमांड पर पुलिस रिमांड बताए ना लाइव वाले चलिए अब हम लोग आपको पढ़ाते हैं कल कहाँ तक पढ़ाए थे